ये फिर उसका सिटी है पाकिस्तान तो हो नहीं से तो say... है एशिया आ... में, में है अगर तो बहुत तो इंडिया। इंडिया। बिल्कुल आपने ही, गेस ये आपका इंडिया ही है लेकिन इंडिया का सिटी कौन सा हो सकता है अब ये नहीं मालूम से मुंबई है पुण्य ये न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है अमेरिका का शहर न्यू यॉर्क है जी बिल्कुल ऐसा ही है तीनों ने एक ही अरपाज बताए हैं कि ये अमेरिका है तो इतनी डेवलपमेंट सिर्फ पेरिस में हो सकती है आई थिंक या तो भाई uh, सर नहीं, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है इंडिया? आँ। मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा डेवलपमेंट